दोस्तों आज के इस वीडियो में आप भूतों से रिलेटेड तीन हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जानोगे फैक्ट नंबर वन भूत प्रेत आत्माओं और शैतानी शक्तियों की मौजूदगी ऐसी जगह पर होती है जिस जगह के आसपास अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा ठंड होती है चाहे उसके आसपास की जगह पर गर्मी ही क्यों ना हो और दोस्तों उस जगह आरोप सांस लेने में भी काफी परेशानी होती है फैक्ट नंबर टू ऐसा माना जाता है की कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत या शैतानी आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें अनोखी शक्तियाँ आ जाती है जिससे की वो भारी ऐसी भारी चीज उठा सकता है बहुत तेज चिल्ला सकता है या अपने आप को चोट पहुंचा सकता है और उन्हें कोई दर्द भी महसूस नहीं होता फैक्ट नंबर थ्री माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति की प्रबल इच्छा मरने से पहले पूरी नहीं होती तो वो मरने के बाद स्वर्ग और नरक में नहीं जा पाता और धरती पर ही भटकता रहता है और उसकी आत्मा इस प्रबल इच्छा को पूरा करने के लिए बेचैन रहती है और वो आत्मा अपनी प्रबल इच्छा को पूरा करने के लिए किसी को मारने या नुकसान पहुँचाने ऐसी भी पीछे नहीं हटती वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है क्या सच में भूत प्रेत जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती है कमेंट करके जरूर बताना